भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी अक्सर ही अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करते देखे जाते हैं फिर चाहे विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग हो या बिजली जैसे मुद्दे हों, एक बार फिर त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण न होने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और इसे विन्द की जनता का अपमान बताया है अपने विरोधी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के पिता पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सम्मान की खातिर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा अनावरण के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है त्रिपाठी ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण न होने को विंध्य का अपमान और उपेक्षा बताया है उन्होंने अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है नारायण त्रिपाठी ने ये भी कहा है कि अर्जुन सिंह विंध्य का गौरव और जन जन के नेता थे प्रतिमा का अनावरण ना होने के कारण विंध्यवासी अपने आप अपमानित महसूस कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी की राजनीति में भले प्रधानमंत्री न बने हो पर प्रधानमंत्री के बाद का दूसरा नाम उनका आया और बिंद के लोग इसमें गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारे बिंद के हैं और बिंद के तमाम नेताओं की बात करूं चाहे श्रीनिवास तिवारी जी हो चाहे चंद्रप्रताप तिवारी जी हो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रीवा वाले रामपुर वाले रहे हों जितने जो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं उनको हम लोग आदर्श मानकर राजनीति करते हैं उनका जिंदाबाद करके राजनीति की शुरुआत की अर्जुन सिंह जिंदाबाद करके राजनीति की हम शुरुआत की तो यदि उनकी मूर्ति किसी चौराहे में खड़ा करके रस्सी में बांध के, खड़... के खड़ी कर दिया जाए मैं तो बहुत दिनों बाद जान पाया कि हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की, की मूर्ति है फिर मैं इसमें पता किया कि आखिर ये मूर्ति बांध कर क्यों खड़ी है क्यों ऐसे इस तरह किया गया है तो इससे लगता है कि ये बिंदु की उपेक्षा है बिंद के नेताओं के मान के खिलाफ सोच है तो मैं कई बार इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि इस मूर्ति का अनावरण किया जाए अब दानके पे ट्रोल से उठा के कहीं लड़की गई है तो ये गलत है इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह और निवेदन किया है कोई बागी और बगावत का काम नहीं किया निवेदन किया हूं कि बिंद के मान सम्मान के संबंध में हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के मान सम्मान के संबंध में बिंद के लोगों के दिल में जो बसा है उसको सम्मान देते हुए इस मूर्ति का अनावरण सम्मान के साथ कर संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने पाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक